केंद्रीय ग्रामीण इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर मास्क लगाने और सावधानी बरतने की हिदायत सभी को दी है और कहा कि पार्टी आदेश देगी तो विधानसभा चुनाव लड़ूंगा केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अधिकारी कर्मचारी की बैठक ली और उनसे जनहित के काम करने को कहा इस दौरान कुलस्ते ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर मास्क लगाने और सावधानी बरतने की हिदायत सभी को दी वे पूर्व विधायक राम सिंह ध्रवे के निधन के उपरांत परिजनों से मिले और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी मीडिया से चर्चा के दौरान फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि पार्टी आदेश करेगी तो विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा देखिए हम लोग तो ऐसे हैं कि पार्टी क्या निर्णय करेगी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है इसलिए ये बात मैं नहीं कह सकता ये पार्टी तय करती है कि हमको चुनाव लड़ना है आगे नहीं लड़ना है तो सा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें